जीम बसमिल्लर रही देखें अल्लाह इंसान बनाया इंसान बनाने के साथ साथ हम लोगों के अंदर खोपड़ी रखी समझने वाला दिमाग रखा और इसी समझ से ही इंसान क्या करता है अपने रब को पहचानता है अपने रब के वजूद को देखता है और इसी खोपड़ी से ही इंसान अपने रब के वजूद का मुनकिल हो जाता है यानी इनकार कर देता है इसकी बहुत सी मिसालें आप अगर गौरों को देखेंगे वो क्या करते हैं अपने रब के वजूद को नहीं मानते वो उनकी ज़िंदगी में कोई रब नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वो रखते ही नहीं हैं इसको निकाल दिया उन्होंने अपनी जड़ से अपने मतलब डिक्शनरी से इस चीज़ को निकाल दिया लेकिन हम लोग मुसलमान हैं हमें भी अल्लाह ने बतलाया है कि तुम हमारी आयतों में निशानियों में गौर व फिक्र करो हर चीज़ में तुम हमें हमें ही पाओगे हर चीज़ में दुनिया में अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि उसमें सिर्फ वही दिखता है जो उसके रब ने उसको बनाया वही ज़ात दिखाई देती है तो अल्लाह तुर करी में कहते हैं इन न रब्लादीक समावती वर्धी तरियाम हमने ज़मीन व आसमान को बनाया और आगे कहते हैं अल्लाह क्या कहते हैं लायर जून व रजूबिलहयात दुनिया वतमा अनुबिहा वाफिडोल कि जो लोग हमारी निशानियों में ग़ौर फिक्र नहीं करते हमारी निशानियों से इब्रत नहीं हासिल करते और वो हमारे पास आने की उम्मीद नहीं रखते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम अल्लाह के पास जाएंगे, मतलब उनका ऐसा यकीन नहीं है तो अल्लाह कहते हैं वो इसी दुनिया पर ही राज़ी हो गए हैं और दुनिया में ही जी लगा बैठ गए हैं अल्लाह कहते हैं ऐसे ही लोग हमारी आयतों से मुनकर रहें आयतों से हमारा इनकार कर रहे हैं और उलायक हमफिलून यही लोग क्या हैं गाफिल है फिर अल्लाह कहते हैं उलायाह ना बे माकान तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने आज़ाब तैयार कर रखा है तो मेरे भाई मुनकिल कैसे हैं वो लोग देखो मुनकिल इस तरीके से हैं अल्लाह कैसे अपनी आयतें बयान करता कुरान करीम के अंदर व इन न लगम फ़िलानाम तुम्हारे लिए इस भैंस में भी सोचने का अल्लाह ने बड़ा सामान रख दिया कि ये जो तुम दूध पीते हो ना ये कैसे मिलता है कैसे इसके ऊपर भी गौर करो देखो हम जब भैंस को क्या खिलाते हैं सूखा चारा सूखे चारे को खिलाने से पहले आप किसी चक्की के पास ले जाएं या आप खुद ही उसको कूट कूट के देख लें उसमें से आपको कुछ तिनका तलग नहीं निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा लेकिन अल्लाह क्या करते हैं इसी खुराक को उस भैंक भैंस की भी क्या बना दी ग़ा बना दी सूखी खुराक जब हम उसको खिलाते हैं उसका पेट भी भरता है फिर क्या होता है कि उसके फिर क्या होता है गोबर होता है लोथड़ा होता यानी जो गोश्त होता है गोश्त के दरमियान में धन होते हैं उसी में से अल्लाह हमें दूध देता है साफ सुथरा दूध तो अल्लाह कहते हैं देखो तो सही कि हमने कैसे उसके ब्लड और गोबर के दरमियान में से कैसा तुम्हें साफ़ सुथरा दूध पिलाया ऐसा दूध ना तो उसमें ब्लड की खुशबू आ रही मतलब खून की और ना ही उसमें गोबर या पेशाब की खुशबू आ रही कैसा चिकना मलाई मार के दूध अल्लाह आपको दे रहा तो अल्लाह ये ऐसे कमालत दिखाता कुदरत दिखाता है फिर हमारे ऊपर एहसान भी करता है लिए अब लुअम एहसनला आज़माता है कि देखें तो हम सही कौन हमारी शुक्रगुजारी करता है और कौन हमारी नाशक् करता और कौन अच्छे अमल करता और कौन बुरे बुरेमल करता है अल्लाह ये सब चीज़ें देखना चाहता तो मेरा भाई उस भैंस में ही हमारे सोचने के लिए कितना बड़ा सामान रख दिया लेकिन दुनिया वाले क्या करते हैं देखो जो ये हमारा जो टॉपिक जो है ना ये मेडिकल साइंस का ये हमारा नहीं है बल्कि उन लोगों का है जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आज क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इनकार तक कर रहे हैं उनके मुनकिर हो रहे हैं अपने रब के वजूद के अपने पैदा करने वाले ज़ात के इनकार कर रहे हैं मेरे भाई मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करो क्योंकि वो गौर ही नहीं करते हैं वो बस खाली आपको किस बहस में उलझा देते हैं वो उलझा देते हैं कि देखो दूध में इतना वो है इतनी मात्रा है या शरीर के लिए हमारा दूध कितने फ़ायदेमंद है ये और उन सब चीज़ों में हिलगा देते हैं क्यों वो देखते ही नहीं हैं अगर वो देखेंगे दूध को तो फिर वो समझेंगे कि यार ये दूध बनाया किसने और फिर जब बना भी दिया है तब फिर वो हमसे चाहता किया इस दूध को पिला हमसे चाहता किया उनकी खोपड़ी में यह भी बात आएगी इससे टेंशन होगी ना उन्हें कि वो चाहता क्या हमसे फिर ये भी समझ में आएगा कि वो रब रहमान है रहीम है उसी रब ने क़यामत भी बना रखी है उसी रब ने हम इंसानों को भी पैदा किया है अपनी फरमा बर्दारी के लिए पैदा किया है तो ये चीज़ें क्या होंगी उसके टेंशन आएंगे, तो इसलिए उसने इन सब चीज़ों को हटा दिया किसने बनाया कैसे बनाया कुछ नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर बहस नहीं बस क्या है कितनी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कितना क्या बस इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बस मेडिकल साइंस है तो मेरे भाई अल्लाह ने एक एक चीज़ क्या कर दी कायनत की हमारे सोचने के लिए रख दी है समझो तो सही कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे भाई ख़ुद बखुद बन गई हो ये दुनिया या आसमान ये ज़मीन खुद बखुद नहीं बन गया इसको अल्लाह ने बनाया है और वो जाग कौन है जो बनाने वाली वो है हमारा रब और वो है आपका रब तो मेरे भाई इससे क्या होता है इन सब चीज़ों को बोलने से या बदलाने से रब की हमारे अहमियत समझ में आती है और उससे हमें मोहब्बत समझ में आती है उससे मोहब्बत भी होती है और उसका खौफ भी हमारे अंदर आता है इसी तरीके से अल्लाह कहते हैं कि शहद की मक्खी को देखो वाह है अब यानी नहल कि हमने देखो कितनी ज़रा सी छोटी सी मक्खी है उसके अंदर कितनी सी खोपड़ी होगी ज़रा से लेकिन अल्लाह ने उसको कैसे दिमाग पर मतलब अपने काम पर लगा रखा है कि वो हमारे लिए क्या कर रही शहद को मतलब इकट्ठा कर रही है और शहद हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और अल्लाह ने उसको दिमाग देखो किस तरीके से दिया कि वो कड़वे फूलों का रस चूसकर कर अपना हमारे लिए शहद बनाती है हम इंसानों के लिए उसमें भी एक सिस्टम है शहद की मक्खियों में भी साइंसदान बड़े से बड़े हैरान हैं कि शहद की मक्खी वापस अपने छत्ते में कैसे जाती है जब वो अपने छत्ते से बाहर निकल आती है ना फूलों में रस चूजती तो वापस कैसे जाती है? हैरान है तो मेरे भाई बाईर सफ़र करना बहुत मुश्किल काम है और बाय ज़मीन सफ़र करना बाय रोड बहुत आसान है और वो बहुत मुश्किल है तो साइंसदान बड़े से बहराना है तो अल्लाह कहते हैं कि हमने तुम्हारे रास्ते को सजा दिया ग़ुम बना दिया तो वो मक्खी क्या करती है सूरज की रोशनी को देखकर अपने छत्ते में वापस चली जाती है तो अल्लाह ने यह समझ उसको कैसे अता करी किसने अदा करी इन सब चीज़ों के ऊपर हमें भी तो गौर करना चाहिए ज़रा ज़रा सी ज़रा जरासी बातों पर हमें भी गौर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कायनात की ये सब ये जितनी भी चीज़ें ये खुद नहीं ऑटोमेटिक चल रही हैं बल्कि इसको कोई चला रहा है अगर आपके सामने मोटी सी ही मिसाल लगने ये कोहरा आप देखें अभी सर्दियों में कितना कोहरा होता होता है कौन सा आदमी है अगर हम किसी से कहें कि मेरा भाई आज जो जितना कोहरा हमें नज़र आ रहा है इतना ही कोहरा किसी और जगह एरिया में कर दे धुएं से या कुछ भी कर दे कोई इंसान कर पाएगा नहीं कर पाएगा लेकिन मेरा रब क्या करता है सिर्फ चंद मिनटों में कोहरा कर देता है जिससे हमें दिखाई नहीं देता फिर हम अगर किसी इंसान से कहें कि यार ये इतना कोहरा हो गया है इसको बाइफर या मशीनों से हटाओ जल्दी से सफ़ा कर दो नहीं हटा सकता मेरा भाई लेकिन हमारा रब क्या करता है चंद मिनटों में इस कोहरे को साफ़ कर देता है तो भाई, भाई ये सब चीज़ें क्या करती हैं दलालत करती हैं कि कोई है ज़ात जो इस पूरी कायनत को चला रहा है इस पूरी कायनत में ज़र्रे ज़र्रे को चला रहा है कोई है वो और वो है मेरा रब यानी अल्लाह तो मेरे भाई इन सब चीज़ों के बतलाने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम आपके सामने कुछ अहम चीज़ें बदला रहे हैं बल्कि ये कि हम ये समझें हमारे अंदर ये समझ में आए कि देखो हमें एक दिन मरना है हम इस दुनिया में जो आए ना वो सिर्फ़ इसलिए नहीं आए हैं कि खाली खाएँ पिएँ और निकल लें बल्कि इसलिए आए हैं अल्लाह कहते हैं लियब अहसनआमला हम आज़माएँ कि अल्लाह के, अल्ला के इंसान कितने अच्छे अमल करता है और कितने बुरेमल करता है ये बात समझ में भी आए तो मैंने भाई अभी आप लोग जितने भी हैं वो जितने भी बयान सुन रहे हैं वो क्या है अभी आप बैठे हैं या लेटे हैं कुछ भी हैं लेकिन कुछ ही दिनों में आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब आपको कबरे में छोड़ आ जाएंगे फिर आप वहाँ से मिट्टी हो जाएंगे तो अल्लाह कहते हैं मिनहा खलक नाकुम वफ़ी हमने तुमको मिट्टी से बनाया वापस मिट्टी कर देंगे बात समझ में आ रही या नहीं आ रही है तो मेरे भाई अगर इतनी सी बात होती कि हम दोबारा मिट्टी हो जाएंगे तो हम भी बहुत खुश होते लेकिन आगे जो अल्लाह ने ज़बरदस्त आयत कही है वफ़ी हा नुई वन हाँ तारत नुरा कि अल्लाह इसी वापस तुमको मिट्टी से दोबारा ज़िंदा कर देगा और अपने सामने खड़ा कर देगा तो मेरे भाई वो दिन कितना ख़तरनाक होगा कितना ख़तरनाक होगा तो मेरे भाई उस दिन को आने से पहले पहले हमें भी तो कुछ तैयारी करना है हमें भी तो यकीन अपने अंदर बनाना है आज लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि जब मौत आएगी तो देखा जाएगा जो बाद में होगा देखा जाएगा मौत आएगी कौन किसें रोक सकता बहुत आसानी से कह सकते हैं लेकिन जिस वक्त मौत आती है ना मेरे भाई उस वक्त सब पता लग जाता है कि हमने जितनी आसानी से कहा था ना और आज कितना मुश्किल है क्योंकि फिर उसकी आंखों के सामने ये दुनिया नहीं होती है वो जो सामने उसको दुनिया दिखाई देती है वो होती है उसकी आंखों के सामने फिर वो अल्लाह कहते हैं नूनबुलसान बिन बिमा कदम वाखर उस दिन इंसान को पता चल जाता है कि उसने अपने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा अल्लाह क़ुरान करीब में कसम खा खाकर बयान करता है लासिमु बियविन क़ियामा कसम खाता हूँ कयामत के दिन की बिन नफ्सामा और मलामत करने वाले नफ्स की अयासबुलान्सानल् नजमागामा क्या इंसान ये ख्याल करता है कि वो ऐसे ही छोड़ दिया जाए यानि उसकी हड्डियाँ नहीं जमा करी जाएँगी भला क़ादीन आला अनुसबिया बनाना वो कदिर है वो आपके एक एक, एक पोर को ठीक कर देगा फिर कहता है यस अल्यामा पूछता है कयामत का दिन कब आएगा फायदा बरी कल बसर आँखें क्या हो जाएंगी फटी की फटी वख सफल कमर चांद भी बे नूर वजू मिया कमर सूरज और चांद दोनों को जमा कर दिया जाएगा फिर इंसान कहेगा आज कहाँ भागें वख़त सफल कमर वजू मिया शमसुल कमर यक़ुलंसान यौम इदिन अलमफ़र आज कहाँ है भागने की जगह कल्ला अल्लाह कहेंगे हरगिज़ नहीं कहीं नहीं रब्बी का यौम इदिनमस्तकर आज तो आपको अपने रब के पास आना है यूनबांसान बेदमाखर उस दिन इंसान को सब पता लग जाएगा क्या उसने आगे करा है और क्या उसने पीछे छोड़ा तो मेरे भाई वो दिन आने की हमें तैयारी करना हमें जो एक, -एक चीज़ें मिल रही हैं उसमें गौर करना फ़िक्र करना है फ़िक्र करने करने के साथ उस रब की फरमाबरदारी करना और उसके रसूल की इताक़ करना उसने जिन अहकाम से हमें बतलाया रुकने के लिए उनसे रुकना है और जिनको बतलाया कर के लिए उनको करना है मेरे भाई आज वो रब हमको इतनी सारी न्यामतें दे रहा है तो हम कितने बार यानि कितने टाइम अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं सोच सकते हैं नहीं आ रहे हैं दिन रात सुबह शाम क्या कर रहे हैं दूध मलाई खा रहे हैं घी जमा जमा खा रहे हैं दही जमा जमा के खा पी रहे हैं लेकिन इन सब चीज़ों में गौर ही नहीं कर रहे हैं क्यों करेंगे क्योंकि हमारे अंदर खोपड़ी जो है ना दूसरी चीज़ों पर गौर करती है अभी हम जो अल्लाह के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो लोग सब बोर हो रहे हैं हो रहे हैं या नहीं अगर हम किसी बिजनेस की बातें करें देखो लोग कैसे हमें सर्च कर कर के सुनेंगे करेंगे अभी हम किसी और सेहत के हवाले से बातें करें तो हमें लोग सर्च करेंगे या किसी से हमारा लिंक शेयर करवाएँगे कि यार हमें भी ऐसे लोगों को भेजो सुनेंगे लेकिन जब हम अल्लाह रसूल की बातें बतलाएं तो लोग बोर होना शुरू कर देते हैं मतलब पूरी कायनात उसने बनाई हम इंसानों को बनाया एक गंदे पानी से आज उसका ही मतलब उसी का ही नाम हमारी जबान पे कम रहता है सबसे कम हमारी जिंदगी में सिर्फ उसी का ही दखल है क्यों हम बोर होना शुरू हो जाते हैं मेरे भाई देखो मरना है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है क़्यामत में जाना है वहाँ लंबी लाइन लगाना है यहाँ हम लोग जब लंबी लाइन लगाते हैं तो सोचते हैं ना किसी ऑफिसर से जान पहचान निकल जाए जब जान पहचान निकली जाती है तो फिर वो सीना आकड़ के चलता है लोग उससे पूछते हैं क्यों जा रहा है कहता नहीं वो मेरे भैया है या वो मेरे चाचा है तो मेरे भाई इस तरीके से उसकी जान पहचान हो जाती है इसी तरीके से मेरे भाई हदीसों में आता है कि महशर का दिन पचास साल के बराबर होगा सूर सूरज वहाँ क्या होगा सवानेज़े पर होगा हर कोई अपने अपने पसीनों में टकनों में टकनों तलक डूबा हुआ होगा हर तरह कोई साया नहीं होगा लेकिन अल्लाह की रहमत से उन लोगों को साया मिल रहा होगा जो जिन्होंने अच्छे अमल करें इस दुनिया में इंसान ये सोचता है कि किसी तरीके से हमें मौत आ जाए लेकिन इंतज़ार होता ही नहीं है इंसान से इंतज़ार बहुत सख्त है मौत से तो मेरे भाई बात समझने की है इंसान वहाँ दौड़ता फिरेगा हरतः आदम के पास जाएगा आदमी सलाम से कहेगा आप तो सभी उल्ला हैं आप हमारा दरखास्त लगा दें थोड़ी सी तो वो कहेंगे ये नहीं दरखास्त लगाएं कि हमें जन्नत में भेज दें या जहम में बल्कि ये दरखास्त लगाने कि हमारा हिसाब शुरू कर दें वहाँ हिसाब भी तो शुरू होना बहुत मुश्किल है तो वहाँ हिसाब शुरू होना ही बहुत मुश्किल है तो आदमी भी कहेंगे हमसे भी ये गलती हुई थी जो हमने इतनी लंबी तोबा करी ना ना ये हम काम नहीं कर सकते वहाँ हर कोई आदमी अपनी अपनी फिक्र में होगा आखिर में प्यारे मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलील वम की बारगाह में इंसान जाएगा और अर्ज़ करेगा तो आप दरखास्त करेंगे सजदे में गिर जाएंगे तो मेरे भाई उस दिन को आने से पहले पहले सोचें कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं अपने रब की कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं कितने अहकाम की उसकी ताबेदारी कर रहे और कितनी आयतों में उसकी और फ़िक्र कर रहे हैं जिससे कि हमारे अंदर उसका डर आए समझ आए कि हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है और इसको कैसी हमत से बनाई है और हमें यह भी समझ में आना चाहिए जब उसने इतनी हमत से ये चीज़ बना दी तो हमें इंसान को दोबारा ज़िंदा होना उसके लिए बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है समझ में आ जाए सब चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं मेरे भाई बयान हमारे चल रहे हैं लेकिन आज ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है इसी के नाम से मतलब अल्लाह की कुदरत के बारे में उसकी निशानियों के बारे में क्या मंद लोग उससे हासिल करें करेंबरत हासिल करें लेकिन आजकल कर कोई कुछ नहीं तो मैं भाई उस दिन की आने को फिक्र करें पहले से ही अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लें अपने रब से गुनाहों की तोबा कर लें माफ़ी मांग लें तोबा का दरवाज़ा अभी आपका खुला है और जितने अब दिन बने बचे हैं उसको रब की ताकत और फमाबरदारी में गुजारने की कोशिश करें अल्लाह ताल हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफीक अदाफरमा